हेलो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघानिया फिल्म हाँ तो फ्रेंड आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ्री में कहां से वीडियो या म्यूजिक या इमेज डाउनलोड करेंगे उस वीडियो या इमेज है या साउंड है जो म्यूजिक है कभी भी उस पर आपका नहीं आएगा कॉपीराइट तो आई हम आपको बताते हैं कि कैसे वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे बिल्कुल फ्री वीडियो है बिल्कुल फ्री इसका ना कोई चार्ज लगेगा और ना ही इस पे कॉपीराइट आ सकता है आप अगर इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं वीडियो या म्यूजिक या इसकी फोटो तो इस पे कोई इस पे कॉपीराइट का ऑप्शन नहीं आएगा तो आई ओप आप इसको देखेंगे और समझेंगे तो चलिए हम आप दिखाते हैं कि आ, कैसे कहाँ से वो वेबसाइट कौन सा है और कहाँ से हम उसे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पिक्सा बे लिखा है पिक्सा बे वेबसाइट का नाम आप सुने होंगे नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए क्योंकि ये बहुत आ, ज़्यादा इन इस वेबसाइट का यूज होता है चर्चित वेबसाइट है इस वेबसाइट से अधिकांश यूट्यूबर जो हैं वीडियो और म्यूजिक डाउनलोड करके और उसका इमेज डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पिक्सा वे पर क्लिक करेंगे और पिक्सा वे पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐस, ऐसा खुल जाएगा आपका अब ऐसा खुलने के बाद देखिए सबसे ऊपर वाला जो है इस पर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे जब क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो देखिए कुछ इस टाइप का आ जा रहा है अब यहाँ पे आया है तो देखिए यहाँ फ़ोटो है ये इलिस्ट्रेशन है विक्टर्स है वीडियो है म्यूजिक है साउंड इफेक्ट है क्रिएटर च्वाइस है पॉपुलर इमेज है पॉपुलर वीडियो है पॉपुलर स्क्रिच है ये सब आपको फ्री में यहाँ देखिए इफेक्ट है आर्टिस्ट कैमरा ये सब आपको यहाँ से मिलेगी यहाँ से देखेंगे तो तो चलिए हम यहाँ से आपको डाउनलोड करके कुछ दिखाते हैं तो हम यहाँ देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपको इमेज डाउनलोड करना होगा इमेज कर सकते हैं फोटो डाउनलोड करना होगा फ़ोटो पर विक्टर ग्राफिक डाउनलोड करना होगा या इसमें से कोई भी करना होगा तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं हम म्यूजिक डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए है हम म्यूजिक डाउन पर क्लिक कर दिए अब यहां पे सर्च मारेंगे रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग अब इस पे क्लिक करेंगे अब देखिए यहां पे टोटल बहुत सारा आ गया तो चलिए हम आपको एक सुना के दिखाता हूँ जो अच्छा यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सा म्यूज़िक मिलेगा आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देखिए इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया है यहाँ डाउनलोड तो होना शुरू हो जाएगा जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया अब हो भी गया डाउनलोड मेरा और देखिए इस टाइप का ये देखे। देखे। देखे।